प्रश्न एक अफगानिस्तान देश की राजधानी है आंसर काबुल प्रश्न दो इराक की राजधानी क्या है आंसर बगदाद प्रश्न तीन हथेली पर सरसों जमाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है आंसर असंभव काम कर दिखाना प्रश्न चार दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान का नाम बदलकर क्या रखा गया है आंसर नरेंद्र मोदी स्टेडियम प्रश्न पांच भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था आंसर राजेंद्र प्रसाद प्रश्न छह आरबीआई के प्रतीक चिन्ह लोगो में कौन सा पेड़ है आंसर तार, पाम का पेड़ प्रश्न सात हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आंसर बुद्ध मक्यूरी प्रश्न आठ क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है आंसर इंग्लैंड को प्रश्न नौ आईपी का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है आंसर इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रश्न दस हमारे देश भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है आंसर हॉकी